दूर कहीं खुदा ने कहा पूरी दुनिया की दौलत तेरे कदमों में रख दूंगा पर तुझे रहना पड़ेगा अपनी माँ से दूर कहीं मैंने कहा ऐ मेरे मालिक चाहे और कंगाल कर दे पर तेरा यह फैसला मुझे मंजूर नहीं